हे मुरलिधर छलिया मोहन हम भी तुमको दिल देव थे हे छलिया मोहन हम चली या मोहन हम तुमको दिल दे बैठे गम पहले से ही गम पहले से ही कमन न थे यकी और मुसी बस ले बैठे Yam Mohan ham आकरी के तुम मिलते नहीं हो आकर के हम कैसे कहें कि ये बैठे मुरली घर खलिया मोहन ने हैं हम तुम्हें मिल जाए तो चने आ जाए मने खोज के भी मने खोज के भी तुम्हें पता नहीं मने खोज के भी तुम्हें पता नहीं तुम्हें ओपी okay, मुची okay. घने तुम्हें राजा रामे तुम्हें प्रभु जोगे कर घने शम तुम्हें धनु धारी कभी मुड़ली बजार ारी बने कभी मुड़ली बजा जमू नाटक में जनब थे मान हम को दिल दे गी तुम कोहले से गीत कमने